देख छोटू आदमी एक बार किसी की मदद का मोहताज बन जाता है ना जिंदगी आरोप इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है तेरी माँ खुद बचा ले मैं तो इतना छोटा हूँ मैं क्या, हूं? क्या कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ मतलब रास्ते पर बिजली के बर्फ़ेंगे हाँ, तो फिर सोचता क्या है वहाँ से एक पत्थर उठा सूरज के सर को बिजली तू तो बनिए का भी बाप निकला रे, ये पाँच रूपए क्या भीख में दे रहा है अरे जान बचा ये तेरे लड़के की पूरे पाँच सौ रूपए लूंगा <laughs>